नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक 18 फरवरी मंगलवार के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों आज का राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है जी हां हनुमान जी महाराज का दिन है तो वार के अधिपति देव हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए मैं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज जो है शुभत्व उपाय कौन से होंगे इस पर चर्चा करेंगे आपके लिए शुभ कलर कौन से होंगे शुभ अंक कौन से होंगे इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग जी हाँ पंचांग शब्द सुनकर ही आप लोगों के मन में थोड़ा सा जो है अतावारे बहुत टफ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पंचांग चूंकि पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और पंचांग के ये पांच अंग कौन कौन से हैं तो पांच अंग हैं ये तिथि वार नक्षत्र योग करण जी हाँ इन्हीं पांच अंगों से मिलकर के पंचांग बनता है विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख्त मंगलवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छह पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच पर तिथि रहेगी दर्शकों आज कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि रहेगी दो मिनट तक की इसके बाद लग जाएगी। को को हमने आप लोगों को बताया था कि एकादशी के दिन नाम से जानते हैं तो मंगलवार का राहुकाल रहेगा दोपहर तीन बजकर आठ मिनट से लेकर के चार बजकर बत्तीस मिनट तक की वही अभिजीत मुहूर्त आज का रहेगा ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट से आपको बचना होगा यदि करना पड़ जाए तो गुड़ का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं और पहले दक्षिण की ओर आपको चार पक चलना रहेगा इसके बाद आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी चाहिए बढ़ते हैं दर्शकों राशि फल पर लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे 28 उनतीस मार्च, मार्च को हमारा मुंबई आगमन हो रहा है जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से संबंध रखते हैं और हमसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपनी सीटें बुक करा सकते हैं तो मेष राशि के जातको आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा चूंकि चंद्रदेव धनुराशि में चलायमान है इसके कारण आज आपके जिस काम में हाथ डाले जो तो का तो का काम कही कही का आज आपका पूरा होगा क्योंकि जो धनु देखिए और अपने काम को सबसे ज्यादा महत्व तो देंगे धार्मिक कामों में आज आपका मन जो है अच्छे से लगेगा साथ ही साथ शादीशुदा लोगों का जो जीवन है इसमें ज्यादा खुशियां रहेगी जीवन साथी के साथ आज आप कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं संतान के के लिए आज का समय बार हनुमान का रूप से प्रभु की कृपा आप पर रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि वृषभ राशि के जात को देखिए आज मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है प्रयास करने पर आज आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं है काम के सिलसिले में आज आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे परिवार का माहौल आज, आज आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक रहेगा दांपत्य जीवन में कुछ तनाव कुछ, किसी बातों को लेकर के बढ़ सकता है प्रेम संबंध प्रेम जीवन में खुशी आज, आज आपको मिलेगी आज उल्टे सीधे खाने से शरीर आपका खराब हो सकता है और आज आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है किसी पुराने मित्रों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो आप सुंदर कांड का आप लोग पाठ करिए साथ ही साथ आज के दिन गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार बढ़ते हैं अगली राशि जेमिनी अर्थात मिथुन राशि मिथुन राशि के जात को आज का पूरा दिन आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज आपको शिक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे साथ ही साथ यदि कोई एग्जाम देने जा रहे हैं खास करके कंपटीशन की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है शादीशुदा लोगों के जीवन में आज जो है नवीन सवेरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के बीच यदि वैचारिक मतभेद थे तो ये दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ विवाह योग्य लोगों को आज जो है कोई नवीन रिश्ते आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रेमी से आज आपके संबंध सुधरते हुए दिख रहे हैं उच्च अधिकारियों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा कोर्ट कचेरी में विजय प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा हनुमान अष्टक का आप लोग पाठ कीजिए हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का चोला हनुमान जी महाराज को आपको चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कैंसर जी हाँ कर्क राशि तो कर्क राशि के जात को आज आप लोग अपना ध्यान अपने परिवार में लगाएंगे साथ ही साथ अब जो है आज अपनी माता की तरफ से आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जीवन में आज आपका जो है प्रेम बढ़ेगा साथ ही साथ आज व्यापारी वर्ग सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आज आपको संभल करके सितारे सलाह दे रहे हैं चलने के लिए वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा आज आपका कोई विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश कोई चाल इत्यादि रच सकता है और जिसमें वो कई हद तक की आपको नीचा दिखाने में सफल हो सकता है काम के सिलसिले में नौकरी में अच्छे नतीजे हासिल होंगे भाग्य आज आपके लिए ठीक ठाक रहेगा साथ देगा जिसके चलते कुछ काम आपके बनेंगे प्रेम जीवन के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा उपाय क्या करना रहेगा तो आज आपको बजरंग बाड़ का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज बंदरों को आपको जो है चने और गुड़ को खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः पढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती है आती लियो जी हाँ सिंह राशि सिंह राशि के जातकों आज आपको देखिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आज मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे आज आप में आंतरिक शक्ति बढ़ेगी जिससे आपके काम में भी आपको सफलता प्राप्त होगी प्रेमी जीवन में आज का दिन काफ़ी सामान्य रहेगा और शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में आज अच्छा समय बीतेगा परिवार से आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको बेहतरीन नतीजे प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं कोर्ट कचहरी के काम में सफलता मिलेगी लेकिन आज आपके खर्चे बढ़ेंगे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा सिंह राशि के जातकों को तो भगवान भास्कर को आज आपको अर्घ देना रहेगा साथ ही साथ आज आप लोगों को ओम हन हनुमत रुद्रात्मकाय होम फट इस मंत्र का एक बार आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज स्काई ब्लू और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये गा यह रहेगा अंक साथ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वरजो जी हाँ कन्या राशि कन्या राशि के जात को आज आपको पैसों का लाभ प्राप्त होगा आपकी मेहनत रंग लाएगी उच्च अधिकारी आज आपको मदद करेंगे साथ ही साथ कोई प्रमोशन इत्यादि आज आपको प्राप्त हो सकता है पूर्व में जो आपने निवेश किए गए हैं इनका आज आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा कामकाज अर्थात नौकरी में आज आपको ज़्यादा मेहनत करने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज जॉब चेंज होने का ऑफर भी आपको मिल सकता है मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब में आप लोग स्विच कर सकते हैं दाम्पत्य जीवन आज आपका काफ़ी मधुर रहेगा और आज जो है जीवन साथी के साथ आपके जो है बहुत अच्छे आ, मतलब जो है पल बीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात हो सकती है साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आपके मन में कुछ चिंता रह सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कन्या राशि के जातकों को तो कन्या राशि के जातकों आज दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का आप लोग पाठ करिए साथ ही साथ हनुमान जी महाराज के आज आपको सिर्फ दर्शन करने रहेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात लिब्रा तुला राशि तुला राशि के जात को देखिए आज आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे जब मन खुश होता है तो आदमी हर काम को बढ़िया तरीके से करता है यही आपके साथ भी आज होगा परिवार में भी खुशी रहेगी और काम के सिलसिले में भी आज आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे दांपत्य जीवन में आज आपका ध्यान आकर्षित होगा और जीवन साथी को जो उनको जो है स्नेह मिलना चाहिए वो आज, आज आप देते हुए दिखाई पड़ रहे जीवन साथी के साथ संबंध आज आपके बहुत ही मधुर रहेंगे जीवन साथी के दम पर आज आपका कोई काम सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है और ये यात्राएं आपकी ऑफिशियल भी हो सकती हैं साथ ही साथ आज धार्मिक कार्यों में आप लोग तुला राशि के जो जातक हैं ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे उपाय क्या करना है तो आज आप लोग ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का एक बार जाप करिए साथ ही साथ हनुमान जी महाराज को आज एक पान मीठा पान अर्पित करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो बढ़ते हैं अगली राशि पर जी हाँ वृश्चिक राशि के जात को स्कॉर्पियो आज क्या कुछ रहेगा तो आज आपके खर्चे काफी बढ़ेंगे लेकिन शाम के बाद आपके खर्चों में कुछ कमी आती हुई दिखाई पड़ रही है और आज आप लोग ठीक ठाक रहेंगे सेहत आज आपका बहुत अच्छा रहेगा कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आपको सफलता मिलेगी तथा तनाव से आज आपको मुक्ति प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है यात्राओं से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपके घर वार तो में किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है लड़ाई झगड़े की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है आज बिजनेस में कोई नई रणनीति आप लोग बना सकते हैं जिसका आपको आगे चलकर के बहुत लाभ मिलेगा इनकम अच्छी रहेगी आय के नए स्रोत बनेंगे और प्रेम जीवन में भी आज आपको प्यार मिलेगा दाम्पत्य जीवन में जो लोग हैं उनको आज जो है कुछ पार्टनर के साथ हो सकता है परेशानी हो उनके जीवन साथी आज बीमार पड़ सकते हैं उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग जो है चबेली के तेल में सिंदूर डिप करके हनुमान जी को जा करके लेप लगाइए साथ ही साथ हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा येलो अर्थात पीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छोड़ सर्जिटेरियस धनु राशि तो धनु राशि के जातकों आज आपको काफ़ी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपके काम कामकाज में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इनकम बढ़ेगी जिससे आज, आज आपका हौसला कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लेकिन आज, आज आपको खुद पर भरोसा रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा दाम्पत्य जीवन में भी आज स्थिति आपके बेहतर बनी रहेगी और शाम के बाद आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं प्रेमी जीवन के लिए दिन अच्छा रहने वाला है काम के सिलसिले में आज आपको अपने साथ काम करने वालों से भी अच्छा संबंध रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा धनु राशि के जातकों को तो धनु राशि के जातकों देखिए आज हनुमत कवच का आप लोग पाठ करिएगा साथ ही साथ आज किसी विकलांगों को कुछ जो है पका हुआ भोजन कराइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक कैप्रिकॉन मकर राशि के जात को आज के दिन को आपको यह समझना होगा कि आपको काम पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो नतीजे आज आपको चिंता में डाल सकते हैं परिवार का माहौल बढ़िया रहेगा परिवार के लोगों का आज आपको साथ मिलेगा आज आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे आज आप लोग यात्राओं पर बाहर जा सकते हैं साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के लिए संबंध अच्छा रहेगा लेकिन छोटी छोटी बातों पर बुरा बोलने से आपको बचना होगा प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा रहेगा कोई नई नौकरी आज आपको इंतजार कर रही उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आपको रेवड़िया गरीबों में बांटना रहेगा साथ ही साथ आज के दिन आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज येलो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ अगली राशि पर बढ़ते हमारी अगली राशि आती आती यहाँ कुंभ राशि कुंभ राशि के लोगों को आज मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा आज आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी और इसकी वजह से आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा परिवार के बुजुर्गों से भी आज आपको अच्छी सलाह और आशीर्वाद मिल सकती है जिससे आपके रुके हुए काम बनेंगे काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे हासिल होंगे आज आप किसी दूर की यात्राओं पर जा सकते हैं आज अपना स्वास्थ्य आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम होगा इसलिए बीमार पड़ने से बचने का प्रयास करिएगा अपने स्वास्थ्य पर हेल्थ पर ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का पाया कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन प्रेम जो है जीवन में आज आपका अच्छा समय बीतेगा दाम्पत्य जीवन में आज आपके जो है साथ कुछ गहमा गहमी बढ़ सकती है जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज जल का अधिक से अधिक पहली बात तो आप लोग सेवन करिए चूँकि चंद्रदेव जो है धनु राशि में चलायमान है, है तो जितना ज़्यादा आप लोग कुंभ राशि के जातक जल ले सकते हैं उतना लीजिए और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए हनुमान जी के मंदिर में आंवले का तेल इसका आज आपको डोनेट करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अंतिम राशि पर बढ़ते हैं हमारी अंतिम राशि आती है पाइसेस अर्थात मीन मीन राशि राशि के जातकों आज कोई नई चीज खरीदेंगे जो आपकी सुंदरता में बढ़ोतरी करेगा खुद पर आज ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दांपत्य संबंध मधुर रहेगा और आज आपकी इनकम भी खूब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है आज आपका मन किसी बात में उलझा रह सकता है जिससे काम पर फोकस करने में दिक्कत होगी परिवार का माहौल अच्छा रहेगा प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अच्छा है लेकिन आज उच्च अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर के आपकी मतभेद हो सकती है जो लोग शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन काफी मेहनत भरा रहने वाला है यदि कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आज, आज आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी बढ़ते हैं उपाय की उर्मीन राशि के जात को देखिए आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हनुमान जी का हनुमान अष्टक पाठ होता है इसको आप लोग कम से कम आज आप लोग ग्यारह बार पढ़िए और सुंदरकांड यदि हो सके तो सुंदरकांड की ग्यारह बुक्स ले लीजिएगा किताबें ले लीजिएगा और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इसको बांट दीजिएगा निश्चित रूप से देखिए जहाँ राम नाम जो है जाप होता है जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है रामचरित मानस का पाठ होता है या राम नाम की महिमा का वर्णन होता है वहाँ स्वयं हनुमान जी जो है रहते हैं किसी न किसी वेश में तो आज सुंदरकांड आप लोग जो है बाटिए हनुमान अष्टक का पाठ करिए साथ ही साथ कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा करके तब आप निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज स्काई ब्लू और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए पुनः आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि 28 और 29 मार्च को मुंबई आगमन हो रहा है जो भी दर्शक मिलना चाहते हैं आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं यदि फ़ोन नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पर आप प्रोसीजर पूछ सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार My beloved, listen.